जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक भूज जाता है उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भय खत्म हो जाता है